दोस्ती किसे कहते हैं निभा जाओ दोस्त तुम औरों जैसे, औरो जैसे नहीं ये दिखा जाओ दोस्त और आने वाला कल किसने देखा है तुमसे मिलने की तमन्ना है तुम आज ही आ जाओ